हाँ भाइयों बहनों अब आपकी सेवा में सोना कैसेट जबलपुर के माध्यम से इस हरदौल चरित्र में राम राजा सरकार का अयोध्या से ओरछा में आगमन और हरदौल जन्म देखेंगे आप इस कैसेट में तो देखें और सुने कि गौरी नंदन गज बदन को शीश नवा अरिशारद शुद्ध बुध दीजिए हर दौल चरित्र दिखा जी श्री राम का कर न सके अभिषे अरिमोक्ष तुम ना हुई लागी दिल में थे धुकर साहि नरे और कौशल की आत्मा रानी कुंवर गणेश साथियों आप सभी जानते हैं ऐसा लेख है वेदों में कि दशरथ जी श्री राम का राज्यभिषेक नहीं कर पाए थे इसलिए उनके दिल में यह ठेस थी कि मैंने राम का राज्यभिषेक नहीं कर पाया इसलिए वो ओरछा में आकर मधुकर शाह नरेश के रूप में जन्म लिया और रानी कुंवर गणेश जो कौशल्या थी वो रानी कुंवर गणेश बनी आगे जो कुछ हुआ देखिए आप और छा नरेश मधुकर साह की और छा नरेश मधुकर साह की और छा नरेश मधुकर साहे की कहो मंत्रीवर हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना जी महाराज आपके राज्य में चारों तरफ कुशल मंगल है तो ठीक है मंत्री चलो हम सभी मिलजुलकर कर बाके बिहारी के दर्शन को चलते हैं। जी महाराज महलन से जा रहे राजा रानी श्याम दर्श के लाने महिला से जा रहे राजा रानी श्याम के लाने नेहलन से जा रहे राजा रानी श्याम दर्श के लाने महलन से जा रहे राजा रानी श्याम दर्श के लाने अरे श्याम दर्श के लाने राजा ऐसे भय दीवाने राजा ऐसे भय दीवाने महलन से जा रहे राजा रानी श्याम दरद के लाने और मंत्री संग संतरी और मंत्री फिर रहते गाताने महलन से जा रहे राजा रानी श्याम दरस के लाने चली रानी की सखियां संग चली रानी की सखियां गावे मंगल गाने हाँ हाँ गा मंगल गाने महलन से जा रहे राजा रानी श्याम दरस के लाने दरस के लाने राम से जा रहे राजा रानी श्याम के लाने से जा रहे राजा रानी श्याम दरस के लाने क्यों भक्त मंदिर के पट बंद क्यों है महाराज आपके आने में देर हो गई इसलिए पुजारी जी पूजा करके घर चले गए चलो महाराज तो फिर वापस चलते हैं नहीं मैं कन्हैया के दर्शन करके ही घर जाऊंगा महाराज जब पट बंद है तो आप दर्शन कैसे करोगे महारानी हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं प्रभु का गुणगान करते हैं कन्हैया हमें दर्शन अवश्य देंगे आ जा आ जा दरस दिखा जा आ जा प्यारे मोहना आ जा आ जा दरस दिखा जा आ जा प्यारे ना मोहे ना। आ जा आ जा द दिखा जा आ जा प्यारे मोहे ना मथुरा में तूने जन्म लिया है जन्म लिया है जन्म लिया है जन्म लिया है जन्म लिया है, जन है। कि गोकुल झूले पालना गोकुल झूले पालना सो आ जा, आ जा दरस आजा, आजा प्यारे मोहना थोड़ा में तूने कंस पछाड़ा कंस पछाड़ा कंस पछाड़ा गोकुल में मारी पूतना गोकुल में मारी पूतना थो तो आ जा आ जा दर्श दिखा जा आ जा प्यारे मोह दर्शन को नेना था हाँ तरस रहे दर्शन को नेना दर्शन बिन मन धीर धरे ना दर्शन बिन मन धीर धरे ना कि दर्शन दे दया निधान और छा नगरी में आना सु आ जा, आ जा दरस दिखा जा आजा प्यारे मोहना प्रभु, प्रभु आपकी जय हो प्रभु आपकी जय हो प्रभु आपकी जय हो प्रभु आपने दर्शन देकर बुंदेला नरेश मधुकर साहि की लाज बचाई प्रभु आपकी जय हो प्रभु आपकी जय हो रानी देखी मेरी भक्ति कन्हैया ने और छा आकर सबको दर्शन दिया ये और छा नगरी व बुंदेलखंड धन हो गया अरे मैं तो कहता हूं कन्हैया की भक्ति कर लो पर तुम हो कि मानती ही नहीं राम लला राम लला चिलताती रहती हो अच्छा मेरे साथ वृंदावन चलो और कन्हैया की भक्ति कर लो नहीं महाराज मैं तो राम लला के दर्शन करने अवधपुरी जा रही हूं महारानी रानी चलो कृष्ण दरबार बृंदावन तुम्हें घुमाओ रानी चलो कृष्ण दरबार बृंदावन तुम्हें घुमाओ वृंदावन तुम्हें घुमाओ राधा रानी से मिलाओ वृंदावन तुम्हें घुमाओ राधा रानी से मिलाओ चलो रानी चलो कृष्ण दरबार वृंदावन तुम्हें घुमाऊं रानी चलो कृष्ण दरबार वृंदावन तुम्हें की भक्ति कर ले तू तो राधे राधे रट ले के सब की भक्ति कर ले तेरा ओ तेरा हाथ तेरा हो जाए बेड़ा पार वृंदावन तुम्हें घुमाओ रानी चलो कृष्ण दरबार वृंदावन तुम्हें घुमाओ मानो और कन्हैया के चरणों में प्रीत कर लो मान महारानी तू बन जा कृष्ण दीवानी मेरी बात मान महारानी तू बन जा कृष्ण दीवानी जीवन ओ जीवन में लेना बारंबार वृंदावन तुम्हें घुमाओ रानी चलो कृष्ण दरबार वृंदावन तुम्हें ना दूसरी और तुम्हारी उपासना दूसरी यह नहीं चल सकता मैं कहता हूं तुम राम की उपासना छोड़ दो और मेरे साथ वृंदावन चलो महाराज क्षमा करें ऐसा कभी नहीं होगा तो फिर ठीक है महारानी तुम अयोध्या जाओ और अपने इष्ट देव राम के बाल रूप को साथ लेकर ही वापस आना वरना और छा में मुंह मत दिखाना ठीक है महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं अबधपुरी जाती हूं और रामलला को लेकर आऊंगी राम राम राम, राम। काठ सा बाकी रह गई सा लगता है मुझे रामलला के दर्शन नहीं होंगे अब तो रामलला के बिन और तो नहीं जा सकती अब तो सरयू नदी में डूबकर इस शरीर को समाप्त कर देना चाहिए कि मन में निश्चय कर लिया त्याग दू प्राण, अरे कुंदी सरयू धार में गोद आए भगवान कुंदी सरयू धार में गोद आए भगवान सुंदर यती देखत हुई प्रसन्न अरे रामलला दर्शन दिए हुए गणेश राम रामलला दर्शन दिए हुई गणेश महारानी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ वरदान मांगो हे प्रभु आप इसी बाल रूम में ओर छ चलिए तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी महारानी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ इसलिए ओर छा चलने को तैयार हूँ लेकिन मेरे तीन वचन आपको मानने होंगे महाराज मुझे आदेश दो मैं आपके वचनों का पालन करूंगी तो सुनो रानी मेरा पहला वचन तो यह है कि मैं केवल पुख नक्षत्र में ही प्रस्थान करूंगा और जहां पुख नक्षत्र समाप्त हो जाएगा उसी जगह पर ठहर जाऊंगा बाद में पुख नक्षत्र आने पर पुनः प्रस्थान करूंगा इस तरह पुख नक्षत्र में ही अयोध्या से ओरछा तक साधु समूह के साथ पैदल यात्रा होगी और मेरा दूसरा वचन ये है कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरा ही राज्य होगा वहां कोई राजा राज नहीं कर सकता चाहे वह तुम्हारे महाराज ही क्यों ना हो अर्थात मैं वहां का राजा कहलाऊंगा और मेरा तीसरा वचन यह है कि जहां मुझे सर्वप्रथम विराजमान करा दोगी वहां से दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा और वह स्थान राम राजा के नाम से विख्यात होगा महाराज मुझे आपके वचन स्वीकार है मैं उनका पालन करूंगी सावन का महीना और दिन था मंगलवार अबधपुरी से चले और छाराम लला सरकार। का शावन का महीना और दिन था मंगलवार अबधपुरी से चले और छाराम लला सरकार। बिजली चमके बादल बदल रिमझिम रिमझिम ऋम झिम से बिजली चमके बादल बदल रिमझिम रिमझिम ऋम झिम से पवन चले पुरवैया पवन चले पुरवैया और गिरे मूसलाधार अबधपुरी से चले और छाराम राम लला सर का श्रावण का महीना और दिन था मंगलवार अबधपुरी से चले और छाराम लला सर संत महंत पुजारी पंडा संग चले हैं लेकर झंडा संत महंत पुजारी पंडा संग चले हैं लेकर झंडा गाउन गाउन स्वागत गावन गावन स्वागत हो रही है जय जयकार अबधपुरी से चले और छा राम लला का शावन का महीना और दिन था मंगलवार अबधपुरी से चले और छा राम लला का शावन का महीना और दिन था मंगलवार से चले और छा राम सरकार से चले राम लला सरकार, सरकार। महाराज अभी अभी खबर मिली है कि महारानी राम को लेकर ओरछा की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं बधाई हो बधाई हो हमारी महारानी ने बुंदेला वंश के साथ पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन कर दिया है मंत्रीवर छा में राम लला के लिए एक सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया जाए और किले में हमारे लिए एक सुंदर महल बनवाया जाए और महलों में एक ऐसी खिड़की रखना जहां से हम नेत्र राम राजा सरकार के दर्शन कर सकें जो महाराज खनपोखन चल रही रानी तन में ताकत रही रई नैया रामलला खा लें कैया तो खनन चल रही रानी तन में ताकत रही रई नैया रामलला खाले कैया रहा है पानी फिर भी चलत जात है रानी अरे फिर भी चलत जात है रानी भोजन की सुध बुध नैया राम लला खा ले गैया वो खन को चल रही रानी तन में ताकत रही नहीं खा ले कई जो कड़ जावे रानी उताई खड़ी हो जावे राम लला खां गोद खिलावे राम लला खां गोद खिलावे मार रहे हैं किल राम लला खा ले कैया पोखन पोखन चल रही राम तन में ताकत रही नहीं ना। राम लला रामलला खा खानें कैया को चल रही रानी मैता रही। ख क्षेत्र में आ आहा आ आहा आ आहा, आहा, आहा। क्षेत्र में आवन हुआ है नगर और ओर छापावन हुआ है हर्षित पुंदेला राजा इना चो बजाओ रे बाजा और छमे आए राम राजा इना चो बजाओ रे बाजा सुधराए तरवार जाए ना चो बजाओ रिवाजा राजा समय आए राम राजा ना चो बजाओ रे पधारे राम, राम राजा आहता सरकार पधारे स्वागत हो रे द्वारे द्वारे स्वागत हो रे द्वारे द्वारे शिवम बने राम राजा है ना बजाओ रे बाजा huh? और छमे आए राम राजा ना चो बजाओ रे बा सरकार की ये आरती पापियों को पाप से है तारती रामलला सरकार की ये आरती पापियों को पाप से है तारती मन से गाते हैं ओ जो कोई यही आदति मन से गाते हैं सोनर शिवम पे कुंठ धाम को जाते हैं सोनर शिवम पे पुकार देशराज देश राज की जिब्या राम पुकार पापियों को पाप से तार थी रामलला सरकार की ये आरती व्यापक राजा राम के दौन वास है खास दिवस और क्षा में प्रकट शाम अयोध्या वास लाला हरदौल के जन्म भय बारे में मर गई मताई मोरे लाल लाला हरद हार छोटे थे हर दौल कुमार दो एक बहनिया दोई भइया न की एक बहनिया और छतिया ब्याई मोरे लाल लाल हर